अगर तीसरे का प्रसाद देता था तो कृष्ण अपने सर्वस्व सुदामा को देते दे दे थे ऐसा कहा जाता है तो मैं आपको ये कहता था कृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि तू तो बिना गुरु चरणों के नमस्कार करते हुए आया था तो इसलिए तुझे आज ये भुगना पड़ रहा है मैंने गुरु की पदुकाएँ मेरे घर में रखी है और कृष्ण ने गुरु की महत्ता आज के इस दिन बताया था आप सिर्फ इतना जानते हैं कि सुदामा को कृष्ण ने बहुत सारा ऐश्वर्य प्रदान किया था था तीन खाकर लेकिन इसके पीछे से कि उनकी का प्रक्षालन करना था कि इस प्रकार अपने रखते, रखते सिद् किया था यही बात कहते हैं कि आप इस परंपरा में रामकृष्ण परमश हो विवेकानंद जी को विवेकानंद जी के परम आजकल ये परंपरा चली है कि गुरु के शरीर से भी ज़्यादा गुरु गुरुपालिकाओं में श्रेष्ठता होती है गुरु गुरुपालिकाओं में श्रेष्ठता इसलिए होती है कि कहते हैं कि दत्तात्रेय भगवान कहते थे कि मैं इस ब्रह्मांड में जहाँ भी घूमता हूँ मैं स्वर्ग लोग जाता हूँ इंद्र लोग जाता हूँ देवताओं के घर सारे नदियों में तीर्थों में स्नान करता हूँ और वहाँ जाने के लिए मेरे चरण ही काम करते हैं और इस चरण में मैं पालुकाओं को डालकर जाता हूँ वन उस सारे तीर्थों का फल उन पादुकाओं में निश्चित रूप से रहता है और वो पादुका जिस घर में रहती है और उसको आज पादुका के सिद्धि दिवस उसके दिन जो पादुका सिद्ध कर लेके अपने घर में रखता है वो इस संसार का इस संसार में गुरुकृपा प्राप्त करता है और उसके घर में सारे तीर्थों का फल होता है कहता है कि गुरु जी के, के, के, के गुरु के उदाहरे पाँव के अंगूठे में सारे तीर्थ विराजमान करते हैं अपने आजकल के गुरुओं को बहुत सारे लोग यहाँ श्री गांव गजान महाराज के बारे में भी जानते हैं कुंडलीक नाम का उनका एक शिष्य था और उनके सपने में जाकर गजान महाराज ने उसको पादुकाएँ प्रदान की थी और वो एक श्रेष्ठ भक्त कह उनके शिष्यों में इस प्रकार आज के दिन आज इस गुरु गुरुपालुकाओं गुरुपालुका सिद्धि दिवस के दिन जो भी शिष्य अपने घर में गुरुपालुकाओं को सिद्ध करते हुए अपने घर में उसका उसको स्थापन करता है और गुरु मंत्र का केवल एक माना मंत्र जब भी करता है तो उसको इस संसार में किसी प्रकार की कमी नहीं होती यही कारण है आपने देखा होगा महाभारत में और एक चरित्र है कर्ण का कर्ण भी अपने गुरु परशुराम के पास विद्या सीख रहे थे विद्या सीख रहे थे उन्होंने सारी विद्याएं सीखी लेकिन यह कहते हुए कि मैं क्षत्रिय हूं गुरु के साथ झूठ बोला था फिर भी परशुराम उनको देते थे अगर वो सत्य बात कहते थे कि मैं क्षत्रिय नहीं हूं मैं फलाना हूं तो भी विद्या देते थे लेकिन उसको लगा कि अगर मैं क्षत्रिय नहीं हूं तो परशुराम जी मुझे विद्या प्रदान करेंगे अगर विद्या प्रदान नहीं करेंगे और उन्होंने झूठ बोलकर उस विद्या को प्राप्त किया तब परशुराम जी को कब पता चलता है इस बात का कि परशुराम जी उसके गोद में अपना सर रखकर सोते रहते हैं और उस समय एक भ्रमर भ्रमर ब्रह्मन कहते हैं कि ये तो कहानी है बाद में लेकिन इंद्र भगवान अगर इंद्र भगवान को इंद्र भगवान का पुत्र था अर्चन अगर द्रोणाचार्य सारी विद्याएं सारी सॉरी सारी विद्याएं कर्ण को दे देते हैं तो कर्ण को जीतना बहुत ही कठिन हो जाएगा इसको ये विद्या ना दें इस प्रकार कैसे करें तो वो भ्रमर बन के आए और भीष्मिता का जो गोद से जिसका उनका जंगा था उस जंगा को काटने लगे द्रोणाचार्य की जंगा को काटने लगे अपने सारे कर्ण के जंगा को काटने लगे तो कर्णा के कर्ण के जंगा से रक्त बहने लगा जब वो भौंरा काटता है तो उसको कितना दर्द होता है लेकिन कर्ण कह रहा था कि अगर मैं आह या उह कर दूँ तो मेरे गुरु उठ के खड़े उनकी नींद में नींद को भंग हो जाएगा उनकी नींद भंग होगी तो बहुत कठिनाई हो जाएगी वह उफ आ आफ न हुए उसको सह रहा था लेकिन गलती ये होगी कि वो जैसा ही उस भौर काटने लगा उसका खून उनके शरीर के नीचे परशुराम जी के शरीर के नीचे चला गया और परशुराम जी देखते कि मेरे शरीर गीला क्यों हो रहा है और उन्होंने जब हाथ लगा के देखा तो उनके हाथ को रक्त लगा उठे खड़े हुए और देखा ये क्या है तो उन्होंने देखा कि कर्ण का पूरा जंघा भगवर में काट लिया है लेकिन उसने उफ उस तक नहीं कहा तो कर्ण से पूछते कि तो ऐसा क्यों करा तो कर्ण कहता है प्रभु आपकी नींद टूट जाएगी इसलिए मैंने ऐसा किया परशुराम के आंखों में भी आंसू आए लेकिन उन्होंने कहा एक बात कही एक कर्ण एक ब्राह्मण क्षत्रिय प्रकार जंगा काटने पर भी उफ न कहते हुए नहीं रह सकता तू तो इससे भी बढ़कर कोई अलग है सच्ची बता तेरी क्या है और तो किसका रहने वाला कहा का रहने वाला तू तो किसका पुत्र है तो वो कहने से रहे कि मैं दस्यु पुत्र दासी का पुत्र हूं कहते हुए लेकिन जब वो बार बार कहने लगे तो उन्होंने कहा दासी तो प्रशराम कहते हैं कि तुने झूठ बोलकर मेरे पास से विद्या ली अगर तू तो झूठ नहीं बोलता तो भी मैं विद्या प्रदान करता था लेकिन तुने गुरु से झूठ बोला है और इस विद्या को प्राप्त किया है मैं आज तो ये श्राप देता हूँ तू सच्चे युद्ध में युद्ध करते समय सही समय में तू इस विद्या को भूल जाएगा और इस श्राप करने को प्राप्त कर्ण को प्राप्त करते हुए आगे चला बीस बाद में कर्ण जब आते हैं और बहुत रुते हैं परशुराम के सामने इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए मेरी गलती क्षमा करो बहुत उन्होंने कहा तो परशुराम को भी दया आती है और परशुराम कहते हैं कि करना मैं तेरी शिष्यता को कभी गलत तो नहीं मानता लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कहता हूँ कि आज अगर तुझे मेरी ही पूजा करनी है तो मैं तुझे मेरी पादुकाएँ देता हूँ इन पादुकाओं का तो पूजन कर आज पादुका सिद्धि दिवस के दिन पादुका सिद्ध करके देता हूँ और इन पूजा इस पादुकाओं को स्थापन करते हुए तू उसकी पूजा कर तेरे जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी मैं आशीर्वाद देता हूँ श्राप देते हुए तो उन्होंने तो कहा।, कहा प्रभु जब मैं आपने इतने महान आपके व्यक्तित्व की ही सेवा की है मैं उन पालुकाओं को लेकर क्या करूंगा आप रखना है तो मुझे आपके पास रखो नहीं तो मुझे पालुका नहीं चाहिए आपने देखा कर्ण के जीवन का क्या हाल हुआ यह कारण है कि पालुकाओं में गुरु की सारी सिद्धियां होती है और कृष्ण कर्ण के चरित्र को भी आप जानते हैं कभी अगर गुरु अपनी इच्छा के सुन पालुका सिद्धि दिवस के दिन पालुका सिद्ध करके आपको प्रदान करता है तो समझो आप भाग्यवान हैं, आपकी पीढ़िया भाग्यवान हैं, आपके आने वाले पुत्र पुत्र भाग्यवान है अगर पाँग पाँग आप आपके पास रखते हैं आज मैं गर्व के साथ आपको कहता हूँ ये अनिल कुमार जोशी जो तुम्हारे सामने खड़ा है मैं गुरुपादुकाओं चांदी की गुरुपालुकाएँ लेकर गया था पहली बार जब शिविर हुआ तो गुरुजी हैदराबाद आए थे और मैं हैदराबाद में छोटी सी चांदी की गुरुपालुकाएँ करते हुए लेकर गुरुजी में ये पादुकाएँ रख लेता हूं ऐसा पहले शिविर में जब आए थे तो मैंने पादुकाएं लेकर गुरुजी को देने के लिए गया जब छोटे मंजिल गुरुदेव हमारे घर आए थे पूजा हुई तो वो गुरुपालुकाएँ जो मैं पूजा करके मेरे पास रख लेने की इच्छा रखता था उन्होंने कहा ये पूजा ये पादुकाएँ मुझे दे दो माता जी को देना है मैंने नहीं कहा पादुकाएँ दे दिया बाद में जब गुरु पूर्णिमा आई पानीपत में गुरु पूर्णिमा हो रही थी तो मैंने बड़े गुरुपादुकाएँ काय गुरुजी के चरणों की उतनी गुरुपादुकाएँ दी और गुरु के पास गया और गुरुचरण में झुक कहा प्रभु ये पादुकाएँ मैं आपको देने के लाया लाया हूँ ये चांदी की पादुकाएँ आपके चरणों में समृद्ध था उस दिन गुरु पूर्णिमा थी और गुरु ने मुझे उठ में बुलाया था मैं गया और गुरु जी के चरण गुरु जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन पादुकाएँ अपने पाँव में हरण किए और कुछ मंत्र बुद्ध बुधाएं और उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा इन पादुकाओं को उठा मैंने उठाया इसको अपने सर पर रख रख लिया और कहा इस संसार में इससे बड़ी प्रॉपर्टी के लिए ये तेरी धरोहर है जोशी ये तेरे पास रखना आज भी धरोहर के रूप में वो पादुकाएँ मेरे पास हैं मैं भी तुम्हारी तरह गुरुजी जी शिविर करते समय इसी तरह बैठा कहीं पीछे बैठा रहता था आज मैं गर्व के साथ कहता हूं उन गुरुपालुकाओं के बल पर आज मैं भी आपको कहता हूं कि आप गुरुपाल सिद्धिओं को समापन करते हैं तो आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी नहीं पड़ेगी और हर साधना में सिद्धि आपका आप जीवन नहीं दस लोगों के जीवन को सुधार सकने की शक्ति आपके आपके पास रख सकते हो इसलिए इस गुरुपालिका सिद्धि दिवस को गुरुपूर्णिमा से भी बढ़ता कहा गया है मैं आज इस गुरुपाल का सिद्ध 30 वर्षों से बनाता हूँ जब से मैंने उस विशिष्ट गुरु सिद्धियों को देखा है आज गुरुपालुकाओं के पालुकाओं को सिद्ध करकर जो अपने पास धारण करता है जो अपने सर पर धारण करता है वो अपने गुरु से बिछड़कर कभी नहीं रह सकता वो गया भी हो तो फिर गुरु के पास वापस आएगा जन्म जन्मों से गुरु जी उसको अपने पास रखकर रक रखेंगे उन्हीं पालुकाओं को जो गुरु ने दिए थे वो पालुकाएँ में नहीं रखा लाई है जो एक रक्तचंदन की पालिकाएं थी और एक चांदी की पालिकाएं थी और एक शिष्य को भी वो पालिकाएं उन्होंने प्रदान की थी तो मैंने चांदी की पालिकाएँ आश्रम में और यहाँ रक्तचंद की पालिकाएँ जो गुरुजी स्वयं पहनकर मुझे देते हैं यहाँ लाए हैं आज आप सभी के लिए उन पालुकाओं को विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त पद्धति के साथ जिस पद्धति को शांति परिमा हमने कृष्ण को दिए थे और कृष्ण ने कृष्ण मंदिर जगतगुरु कहते हुए अर्जुन आदि को देकर इस संसार में कृष्ण मंदिर जगतगुरु कहलाए ऐसी उस गुरुपालुका सिद्धि का वर्णन करते हैं जिसे ने कहा है उन पालुकाओं को सिद्धि प्रदान करते हुए वो पूजा आपसे करवाता हूँ आपको पाँच दस मिनट का समय देता हूँ गुरुपालुकाएँ आपके पास नहीं है तो गुरु गुरुपालुकाएँ लाले और गुरु पादुकाओं का यंत्र लालें मैं पूजा कराता हूँ दस मिनट के बाद और उन पादुका सिद्धि मेरे मैं भी पूजा करूंगा आप उन पालुकाओं की आप भी पूजा करना आपके सर में भी पालुकाएँ रखने के लिए देता हूँ इतना जरूर कहता हूँ जिसके घर में गुरुपालुकाएँ आज के दिन सिद्ध की हुई पालुकाएँ हैं उस घर में साधनाएँ सिद्धि और किसी प्रकार की भूत प्रत बाधा नहीं होती और साधनाएँ उसके पीछे आती है लक्ष्मी उसके घर में वास करती है आपने कभी देखा होगा कि माता लक्ष्मी भी भगवान विष्णु से रूठकर इस पृथ्वी पर चली आई और भगवान विष्णु रूठकर जब कितना मनाने पर भी महालक्ष्मी उनकी बात नहीं मानी तो भगवान विष्णु आज वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में तिरुपति में रहते हैं ऐसा दक्षिण में कहा जाता है कि वे विष्णु के रूप में वेंकटेश्वर के रूप में आए और उन्होंने महालक्ष्मी को छोड़कर पद्मावती के साथ पद्मावती ने लक्ष्मी के अंश को शादी कर ली और लक्ष्मी जी कोल्हापुर में आंकड़ी से ही बैठ गई तब जब कहा कि बहुत पछताने पर भी बहुत कहने पर भी उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे पर भगवान वेंकटेश कब जाएंगे हम वैकुंठ में कब जाएँगे तब वो कहते हैं उनने कहा कि नारद को पूछने पर कि भगवान विष्णु मुझसे प्यार करें वो पद्मावती से प्यार करते हुए आज इस कलयुग में पद्मावती के साथ गोदा देवी और दूसरों के साथ रहते हैं मेरे से कब प्यार करते हुए मेरे साथ आएंगे तो नारद महामि कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के गुरु शिव और शिव के गुरु विष्णु हैं उस शिव की आराधना करो और महालक्ष्मी ने बिल्व वृक्ष के नीचे उस शिव जी को गुरु मानकर साधना की और शिव जी ने कहा इस कलयुग के समाप्ति पर तुम वैकुंठ जब जाओगी लक्ष्मी प्रसन्नता के साथ तुम तो उसकी पत्नी बनकर रहोगी और उस तपस्या में जब उन्होंने बैठे तो कहते हैं कि उस शिवलिंग को आज भी आप कोल्हापुर के महालक्ष्मी देखते हैं महालक्ष्मी के सर पर वो विष्णु शिव जी का शिवलिंग है और वहाँ पूजा की जाती है वो गुरु रूप में उसको स्वीकार करती जो गुरु को अपने इस दिन अपने सर पर गुरुपालिकाओं को रख लिया और विशेष मंत्र का आह्वान किया उसके जीवन में किसी प्रकार के हम सातों जन्मों तक तो गुरु ग्रो प्राप्त करके जीता है ये गुरुपाल का सिद्धि भी इसका विशेष है अभी हम पूजा आरंभ करेंगे आपको दस मिनट का समय देता हूँ आप तब तक गुरु का सिद्धि के लिए जो चाहिए उस लेकर उसे सामग्री के साथ रहना दो भजन गुरु की सुना आह्वान मंत्र के साथ नारायण भजन करो